ये कहती थी घर घर में जाकर फली माँ मेरे घर में है मेरे घर हबी खुदा उठी चार सो रहमतों की घटाएं मअअर मअर है सारी सजाएं उठी चार सूर रहमतों की घटाएं मोतर मोतर है सारी फिजाए सारी फिजाए खुशी में ये जिबरी नगु सुनाए उषि में जिबरी जिबी नब में सुना उषा पे आरो जजा उषि में गे जिदरी नब में सुना शख्स जजारे मुकरम है बेशकली नजीबी बड़ी शान वाले कलीमो मसीबी मुक़र्रब है बेशक नजीबी बड़ी शान वाले कलीमो मसीबी कलीमो मसीबी पक्का जिनको हक ने सिरा जुम्मनी कहा जिनको हक दे जुनूनी मेरे घर बोनू रे उदाह है बड़े बड़ो पर है मेरा प्रमुख मेरे घर अभी है सुनकर सफी आपका कास्ताना है दामन पसारे हुए सब जमाना है सुनकर सफी आपका कास्ताना है दामन पसारे हुए सब समाना सब समाना कहते हैं किन्वा सो कसद था निकागे करम गो नवा सो कसद निकागे करम गो तेरे दर पे ते गए हैं बड़े ओझ पर मैं मेरा मुखल मेरे हर अभी खुदा के करम से नकीर आ करूर के शहदाई हजूर की आमद पर झूमने वाले माबू का जश्न विरासत मनाने वाले हजूर के सच्चे आशिक जब तू दुनिया से जाएगा तेरे अहबाप तुझे कब्र में लिठा कर चले जाएंगे फिर जब फिर जब जब सवाल जवाब का मामला होगा तसल्ली रख, अगर हजूर का है तसल्ली रख, खुदा के कर्म से नकीर आ कर कहेंगे जियारत का मुशदा सुना कर मुश्ता सुना कर उठोगे उठो बहरे ताजी नूरुल हसन अब उठो बहरे ताजी नूरुल हसन अब देखो देखो लहद में रसूले उदा गए